प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है 29 अप्रैल के राशिफल के इस कार्यक्रम में आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्विदशीष पांडे आप सभी से अनुमति लेते हुए दिनांक उनतीस अप्रैल २०१९ का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यदि इसमें कुछ त्रुटि होगी तो प्लीज दर्शकों आप लोग देखिए क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि तो २८ तारीख के राशिफल में जो है शायद तुला राशि हमने नहीं बताया था लेकिन बाद में जब भूल का एहसास हुआ तो हमने कमेंट में तुला राशि का जो है हमने राशिफल डाल दिया उपाय डाल दिया शुभ अंक शुभ रंग भी डाल दिए थे तो कभी कभी भूल हो जाती है चूँकि कंप्यूटर तो है नहीं और मानवीय भूल होना स्वाभाविक है तो दर्शकों आज पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि तिथिवार नक्षत्र योग करण इनके बिना पंचांग अधूरा होता है तो चलिए दर्शकों पंचांग चूंकि जो है लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो सनराइज होगा आज सुबह पाँच बजकर छप्पन पर सनसेट होगा शाम को अट्ठारह अर्थात छः मिनट पर तिथि जो रहेगी दर्शकों दशमी तिथि रहेगी और नक्षत्र जो रहेगा ये शतभिषा राहु का नक्षत्र आज रहेगा जो योग रहेगा ये ब्रह्म योग रहेगा जो करण रहेगा करण रहेगा वाणिज्य इसके उपरांत विष्टि का जो है करण आ जाएगा सेकंड करण जो रहेगा और सोमवार दिन है आप लोग जानते ही हैं और दर्शको सख संबद्ध चल रहा है उन्नीस और विक्रम संबद्ध चल रहा है दो परिधावी नामक संवत्सर इस समय चल रहा है एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों आज के दिशा की बात करते हैं तो सोमवार को देखिए पूरब दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अब यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे तो आप दर्पण देख करके फिर जो है घर से आप प्रस्थान निकालिएगा और कुछ मीठी चीज का सेवन मिश्री वगैरह का सेवन या दही वगैरह खा करके तब आप लोग निकलीएगा एक बात और बताना चाहेंगे कि दशमी तिथि है तो दसवीं तिथि में देखिए दर्शकों परवर का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से आज परवर का आप लोग सेवन मत करिएगा और एकादशी जो तिथि होती है एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए चलिए दर्शकों राहु काल की ओर चलते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो आज जो राहु काल का समय रहेगा सात बजकर ग्यारह मिनट से आठ बजकर उनचास मिनट तक की रहेगा और अभिजीत मुहूर्त पर दृष्टि डाल लेते हैं जिसमें आप लोगों को शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो ग्यारह सैंतीस से बारह के मध्य आप शुभ कार्यों को दर्शकों सकते हैं तो ये तो था दर्शकों पंचांग हमारा आज का और इसके बाद चलते हैं हम अपने राशिफल पर कि आज का राशिफल क्या कहता है राशिफल पर आगे बढ़ें उससे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे जो भी दर्शक गुजरात से इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं राशिफल के वो लोग यदि चाहें तो गुजरात में हमसे मिल सकते हैं अट्ठारह से ले करके 23 मई तक की हम गुजरात में हैं आप लोग जो है अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो चलिए दर्शकों राशिफल पर शुरू करते हैं हमारी जो पहली राशि आती आती है मेस राशि कैसा रहेगा मेस राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो सितारे कह रहे हैं कि आज के दिन आज आप अपनी विचारधारा से प्रगति का अनुभव करते हुए नजर आएंगे ईश्वर के प्रति आज आपके मन में श्रद्धा एवं अटूट विश्वास रहेगा आज अपेक्षा से अधिक धन लाभ हो, होगा और आपकी शक्ति में भी वृद्धि होगी स्थाई तथा जटिल रोगों में आज राहत मिलने का योग बन रहा है शारीरिक रूप से आज, आज आप स्वस्थ रहेंगे तो मेष राशि के जो हमारे दर्शक हैं खासकर के स्टूडेंट्स हैं आपका यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में ये रिजल्ट आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मेष राशि के जातकों को तो मेष राशि के जातकों आज प्रातःकाल जल्दी उठ करके आपको भगवान शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना रहेगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप पाँच मिनट यथासंभव जाप जरूर करिए आपके शुभ कलर की बात करते हैं तो आज के लिए श्वेत वस्त्र अर्थात जो है सफ़ेद रंग के परिधानों का प्रयोग करेंगे तो सर्वथा आपके लिए जो है भाग्यशाली रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक एक आज आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेगा चलते हैं वृषभ राशि की ओर तो वृषभ राशि के जातको आज का दिन आपको पूर्ण तरीके से सफलता दिलाने वाला दिन है परीक्षा एवं प्रतियोगिताओं में इच्छित सफलता आज आप प्राप्त कर सकेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में आज आपको यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी संतान पक्ष से आज लाभ की उम्मीद है और आपको कोई गुड न्यूज़ संतान पक्ष से प्राप्त होती हुई नजर आएगी पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर आपको बरतनी पड़ेगी वाहन चलाते समय आज आप लोग सावधानी का परिचय दीजिएगा ओवर स्पीड वगैरह मत होइएगा वृषभ राशि के जात को आज कोई आप अपनी मनपसंद चीज करते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको शिवलिंग पर शमी पत्र जो है चढ़ाने के बाद और जल से अभिषेक करना रहेगा ओम नमः शिवाय मंत्र की आप भी एक माला का जाप करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर शुभ अंक रहेगा चार बढ़ते हमारी अगली राशि अगली आती है जैमिनी अर्थात मिथुन राशि तो कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए तो मिथुन राशि के जातकों आज मित्रों और रिश्तेदारों के साथ कुछ बात विवाद की स्थिति बन सकती है वाहन चलाने में आज आपको जो है क्या कहते हैं सावधानी रखनी पड़ेगी आर्थिक व्यय होने से आज, आज आपके मन में कुछ बहुत ज़्यादा उग्र विचार आएंगे मन आपका बड़ा बेचैन होगा अपने व्यवहार पर आज आपको अंकुश रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं अपनी वाड़ी पर आज आपको जो है संयम रखना किसी भी जो है व्यक्ति से बात करते समय आपको बहुत सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं हालांकि कार्य क्षेत्र में आज, आज आपको जो है सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा लेकिन आज आप अपनी वाड़ी के कारण बहुत कुछ खोते हुए नजर आ रहे हैं उपाय के तौर पर करना यही रहेगा कि अपनी वाड़ी पर आप लोग संयम रखिए और हो सके तो आज दुर्गा चालीसा का एक पाठ आप लोग जरूर कर लीजिए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज के लिए आपके लिए पिंक कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो छः अंक सर्वथा शुभ रहेगा कर्क राशि की ओर चलते हैं तो कर्क राशि के जातको आज आपको सकारात्मक विचार की प्राप्ति होगी और आज आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और कीर्ति आपकी चहुओं चहु दिशाओं में फैलेगी परोपकार के काम करते हुए नजर आएंगे कोई सत्कर्म में या किसी जो है आज आप धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में प्रतिभाग करते हुए जर आएंगे आर्थिक व्यय के स्थान पर आज आपको देखिए आय मिलते मिलती हुई जो है नजर आ रही है आज आपके मन में जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विचार चले आ रहे थे वो पूरे होते हुए देखिए नजर आएंगे कर्क कर राशि के जातकों को आज लंबी दूरी की यात्राएं आपके भाग्य में लिखी हुई हैं तो यात्राओं के लिए अपना बाइक बांध के रखिएगा उपाय क्या करना है कि आज का दिन शुभ हो जाए कर्क कर राशि के जातकों आज जल का अधिक से अधिक आप सेवन करिए और यदि हो सके तो कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले आज आप दही खा करके तब निकलिएगा आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा दो बढ़ते हैं हमारे जो है सिंह राशि की ओर तो सिंह राशि के को आज के दिन आपकी शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी रोगों में राहत मिलेगी जीवन साथी तथा संतान से सहयोग प्राप्त होगा आपके बच्चे का यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो उस रिजल्ट को लेकर के आज आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और परिणाम आपके जो है बालक के पक्ष में आएगा आज आपके कार्य बिना अर्चन बिना विघ्न के संपन्न होते हुए नजर आएंगे दैनिक व्यवसाय में आज, आज आपको जो है कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है शाम तक की अच्छा धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा उपाय के तौर पर सिंहरास के जातकों को करना क्या रहेगा सिंहरास के जातकों आज पका हुआ भोजन यदि आप किसी गरीबों में बांटते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा आज कोशिश कीजिएगा कि आज सूर्य देव की आप लोग आराधना करिए आज हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर की बात करते हैं तो रेड कलर आपका शुभ है शुभ अंक की बात करते हैं तो नौ नंबर सर्वथा शुभ रहेगा बढ़ते हमारी अगली राशि कन्या राशि की ओर तो कन्या राशि के जातकों आज आपके अंदर जो है कुछ मतलब अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती हुई दिख रही है परिणाम स्वरूप मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों में दैविक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी चित्त शुद्धि के कारण आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो कार्य पूर्ण होता हुआ नजर आएगा आज आपकी कल्पना शक्ति तथा बौद्धिक शक्ति का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में आप करते हुए नजर आएंगे उच्चाधिकारी आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे आज आपको जो भी टास्क दिया जाएगा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको आप निभाते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग चालीसा का पाठ करिए और यदि हो सके तो आज आप लोग जो है एक माला शनि के तांत्रिक मंत्र की जब कर लीजिएगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज आपके लिए ग्रीन कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो आपके लिए छह अंक शुभ रहेगा तुला राशि की ओर चलते हैं कैसा भी देखा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए तो तुला राशि के जातको आज आप स्वास्थ्यहीनता से बचिएगा तथा तो भय चिंता या दुख के कारण मनोवि जो है विचार में आज परिवर्तन आ सकता है अपने परिचितों स्नेहीजनों तथा मित्रों से बातचीत में पूर्ण सावधानी रखिएगा था कोई कठोर वचन से आपका संबंध बिगड़ता हुआ नजर जो है आता हुआ दिख रहा है आज आपके जो लव रिलेशन ये बड़े नाजुक दौर पर रहेंगे प्रेम संबंधों में कुछ ठहराव आता हुआ दिख रहा है हालांकि अपनी सूझबूझ से आप लोग इसको सुलझाते हुए नजर आएंगे और तुला राशि के जो जातक हैं इनको आज धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती है तो उपाय क्या करना रहेगा सबसे पहले तो आज आप लोग भगवान शिव को जो है जल से अभिषेक करिएगा रुद्राष्टक के पाठ से करिएगा नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम पाठ से दूसरा आपको करना यह रहेगा आज चावल का दान आपको किसी गरीब को करना है शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आपके लिए व्हाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो आपके लिए आठ अंक शुभ रहेगा बढ़ते हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि की हो तो आज आपका मन प्रसन्न रहेगा एवं कार्य करने का जो मन है अंदर से उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा व्यवसाय में पराक्रम एवं पुरुषार्थ के आधार पर लाभ मिलेगा वस्त्राभूषण की खरीद के लिए दिन आज आपका अच्छा रहेगा हाथ में लिए गए प्रत्येक कार्य आज आप करते हुए नजर आएंगे आज आपको उच्चाधिकारियों से कोई टास्क मिलेगा जिसको आप पूरा करते नजर शाम तक की धनलाभ की अच्छी स्थिति होती हुई दिख रही है इसके साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ओम नमस्ाय मंत्र की एक माला का आप लोग जरूर जाप करिए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा क्रीम शुभ अंग की बात करते हैं तो आज आपके लिए दोनों नंबर सर्वथा शुभ रहेगा की की ओर ओर बढ़ते बढ़ते हैं बढ़ते हैं हैं हैं धनु राशि लेकिन दर्शकों आप लोग भूले तो तो नहीं है। 18 मई मई से से तक गुजरात गुजरात सूरत यहां पर हम तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी इस प्रोग्राम को परिवार तो में तो आज कुछ तनाव रहेगा परिस्थिति में योग्य एवं न्याय आप लोग लीजिएगा तो हित में रहेगा अपने विचार प्रकट करने के लिए आज आप जबरदस्ती नहीं है कि किसी के ऊपर अपने विचार को आज आप लोग थोपे धनुराज के जात को दूसरा आज आपको जो टास्क दिया जाएगा उसमें ढीले रवैये के कारण आज उच्चाधिकारियों के कोप का भंजन आपको जो है बनना पड़ सकता है आज कोई ना कोई आपके जो है कार या बाइक में जो भी आप रखे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और आपका धन का एक हिस्सा उसमें जो है लगता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए समय भी अच्छा नहीं है आज उनका मन बड़ा अशांत रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा धनुराशि के जातकों को धनुराशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि आज ओम जूम साह मंत्र की एक माता का आप लोग जाप करिए और लक्ष्मी माता के बीज मंत्र श्रृंग मंत्र का जितना ज़्यादा आप मानसिक जाप करेंगे उतना अच्छा रहेगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो येलो कलर मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा उचित प्रकार से किए गए कार्यो में आपको सफलता मिलेगी तथा तमाम प्रकार के शुभ और मांगलिक समाचार प्राप्त होते हुए नजर आएंगे प्रेम संबंधों में फल रहने का आज का दिन है आज आप लोग कोई विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं नए प्रेम संबंध आज स्थापित होते हुए दिख रहे हैं धन लाभ आपको आज बहुत बेहतर होगा बस पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत कोई भी यदि दस्तावेजीय काम करते हैं तो साइन वगैरह देख करके करिएगा उपाय के तौर पर करना ये रहेगा कि आज पीपल के वृक्ष में जाइए और जल चढ़ाइए और हो सके तो चीनी का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करिए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज आपके लिए ब्राउन कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक दो आपका सर्वथा शुभ राशि राशि की ओर चलते हैं तो के के के जातकों आज आज लिए मानसिक स्थिति थोड़ी अशांत रहती हुई नजर आ रही आज आपको मन के भीतर कोई ना कोई कोई ना कोई कोई कोई भय चिंता कोई ना कोई विकृता आपके अंदर रहेगी कारी कुछ विचार आपको सताएंगे व्यवसाय में धन आ, संपत्ति की हानि होने से मन बड़ा आपका आज जो है आ, क्या कहते हैं करुणामय हो जाएगा और आज जीवन साथी के साथ भी आपके बात विवाद हो सकते हैं घर परिवार में किसी से आपकी जो है बहस होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज हनुमान जी की आराधना करिए बजरंग बाढ़ का एक पाठ आप लोग जरूर करिए और हो सके तो आज गाय को आप लोग रोटी में घी लगा करके जरूर खिलाएं शुभ कलर की आपकी बात करें तो आज आपके लिए जो है वाइट कलर जो है सफ़ेद रंग शुभ रहेगा शुभ अंग की बात करें तो सात अंग सर्वथा शुभ रहेगा हमारी जो राशिफल की अंतिम राशि आती है ये आती है पाइसेस तो मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो आज के दिन आपके भाग्य में वृद्धि होगी आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आज आप स्वास्थ्य संबंधी लाभ होगा मन प्रफुल्लित रहेगा पारिवारिक तालमेल में वृद्धि होगी प्रातःकाल से यात्राओं का योग बन रहा है आज आपको संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ नजर आएगा पिता का स्वास्थ्य भी आज आपके बहुत अच्छा रहेगा लेकिन आज भाई बहनों से कुछ बात विवाद आपका हो सकता है तो इनसे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शिव चालीसा का आप लोग पाठ करिए और शाम को एक तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जला करके जरूर रखिए। शुभ शुभ कलर कलर पे आ जाते हैं तो आज आपके लिए जो रहेगा ये येलो रहेगा शुभ अंक पे आ जाते हैं तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा तो दर्शकों ये तो था मेज से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों यदि आप लोग भी अपने शहर में मिलना चाहते हैं तो अट्ठारह मई से तेईस uh, मई के मध्य गुजरात में आप लोग मिल सकते हैं यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार